हेलो गाइज वेलकम टू माई फर्स्ट व्लॉग और आप देख रहे हैं पी वी श्रेयांश व्लॉग ट तो तो और एक कैमरा की जरूरत होती है अच्छे कैमरा की जिसकी क्वालिटी के कैमरा क्वालिटी के बहुत अच्छी हो मतलब कि मेरे पास अभी इतना बढ़िया फोन तो नहीं है जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो लेकिन मैंने आप सबकी थोड़ी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कैमरा क्वालिटी के को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एक ट्राई तो मंगा लिया है ऑर्डर कर दिया है वो तीन चार दिन में आ जाए मेरे पास तो फिलहाल तो मेरे पास ट्राई नहीं है तो इसलिए मैंने एक ट्राई बनाने की कोशिश की थी जो आपने खमने में देख लिया होगा अगर ध्यान से नहीं देखा है तो उसे देख लें और एक बार जाके थमनेल में नहीं तो पहले आप पूरी वीडियो देखें और कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में जो कि मेरा होम मेड कैसा लगा सो so गाइज मुझे पता है आप लोग मुझे देखना इतना पसंद नहीं कर रहे क्योंकि नहीं तो मैं सौरभ जोशी हूँ नहीं तो फ्लाइंग बीस्ट हूँ गाई तो फिर भी गाइज तो अगर आप चाहो तो मुझे आप मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो लाइक कर सकते हो मेरी वीडियो सो so, इतना आप करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए तो मैंने जो आपको कहा था मैंने होम मेड बनाया था बहुत मुश्किल से तो मतलब कि मैंने उसे तीन दो दिन लगे थे बनाने में नहीं पहले तो मैं उसका स्ट्रक्चर सोचता रहा मतलब कि कैसे बनाऊँ कैसे नहीं बनाऊँ किस चीज़ से बनाऊँ कौन सी टीजी यूज़ में लूँ तो सब कुछ माइंड में सेट होने के बाद फिर मैंने सब कुछ सोचा सब कुछ सोचने के बाद फिर मैंने मतलब कि बनाना शुरू करा तो एक दिन तो लगी गया भाई उसे बनाने में क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो एक मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया तो उसके साथ फिर मैंने बनाया ट्राईपॉट फिर होपफुली ट्राई मतलब कि पूरा बन भी गया था तो फिलहाल अब मैं उससे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो अब मेरा एक दो चार दिन में ट्राईपॉट आ जाएगा मैंने सोचा फर्स्ट व्लॉग भाई होम में ही वो कर लेते हैं शूट क्योंकि बाहर नहीं अभी तो यार नहीं जा रहा बाहर क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है फीवर से आ रहा था तो मैं सोचा घर में ही शूट कर लेते हैं और मतलब कि आपको पीछे ग्रीन ग्रीन ग्रासेस दिख रही होंगी ये भाई हो गए इसे फाइव सिक्स मंथ हो गए हमें लगाए हुए और ये कैसी लग रही हैं इसका भी एक कमेंट करना मतलब कमेंट बॉक्स में देखिए ग्रीन ग्रासेस थोड़ी मतलब कि बढ़िया है यार ग्रास इस पर फोटोशूट वग़ैरह सब कुछ सही होता है इस वाली वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए आपका जो मर्जी करे मतलब कि ग्रास के बारे में आप जहां पर रहते हैं या फिर आपका नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए तो गाइज ये मेरा आज एक पूरा परफेक्ट बड़ा परफेक्ट ब्लॉग नहीं है बस ये आज मेरा एक इंट्रो ब्लॉग है तो गाइज में अपना इंट्रो देना स्टार्ट करता हूँ सो गाइज़ माई नेम इज़ श्रेयांत शर्मा एन आई लिव्ड इन मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश मैं मुरादाबाद में रहता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएट है और गाइज़ मेरी एज है सेवनटीन वो 16 ईयर्स है मतलब कि 17 ईयर्स का थोड़े बहुत सेप्टेम्बर में हो जाऊँगा 16 ईयर्स मेरी एज है और गाइज़ मैं नाइन्थ क्लास में हूँ इस टाइम एस डी स्कूल में मुरादाबाद के तो so गाइज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ मेरा एक पहले भी एक चैनल था जिस पर मेरे 80 90 सब्सक्राइबर थे पंडित बॉय श्रेयांश के नाम से तो मतलब कि आप उसे यूट्यूब पे आकर चेक कर लीजिए अभी भी है लेकिन पर उसका मैं पासवर्ड भूल गया था तो मैंने बहुत कोशिश करी पासवर्ड आने के मतलब पासवर्ड चेंज करने की फॉरग्रेड भी पासवर्ड फॉरग्रेड पर भी करा लेकिन कुछ नहीं हुआ फिर मैंने एक डिसीजन लिया जो कि मुझे नया चैनल बनाना बनाना चाहिए उस पर बस मैं ऐसी वीडियो डालता था पहले मैं सोचता था मेरे सब्सक्राइबर हो जाए फिर डालू ऐसी वीडियो लेकिन अब मैं इस पर डायरेक्ट ब्लॉगिंग की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना और गाइज़ आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय